अलसम रवि भक्स लियो तब ती हो लोक भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात नटारो तेवन बन आन करती तब छण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपी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 दस तपिस बस जात महाप्रभु पंथ निहार चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कैदज रूप लिये महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कवि संकट मोचन नाम हार संकट मोचन नाम अंगद के संग ईष या बिन उचारो जीवत न बचे हौ हम सोजो बिना सुधि लाए ईहा पग धारो फेरी थके तट सिंधु सब तब तो न ऐसी सुधि प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट में रावण त्रास दही सिया को सब सो राक्ष शोक निवारो निवार समय हनुमान महाप्रभु जाए महा रजनी चर मारो चाहत सिया अशोक सो आगे चौधय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो को नहीं जान संकट मोचन नाम हारो संकट मोचन नाम दिहार बन लग उर् लक्ष्मण के तब प्राण तज सुत रावण मारो लय ग्रह वैध्य सुषण समेत तब गिरि द्रोण सुबिर उपारो आनी सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मी मन के तुम प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन जुद अनाज की तब नाग की फांस सबे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो आन खगेश तब हनुमान जो बंधन काटे सुत निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट जब रघुनाथ पाताल सिधारो देवन पूजी भली विधि सो भली देू सब मिली मंत्र विचारो जाय सहाय भय तब ही आ रवण समेत सुनारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट सो संकट गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो बेगी हर हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन